नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता के उपरांत मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में छोटे बड़े निवेशकों के साथ साथ समय समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि उनसे बातचीत करते हुए उनकी मांग व पॉलिसी के अनुसार उन्हें छूट दी जा सके आज आयोजित बैठक में ऐसे दो बड़े उद्योगों नामक मारुति और ग्लासेस पेंट्स जिसके साथ बातचीत करते हुए उन्हें पॉलिसी के अनुसार मंजूरी दी गई उन्होंने बताया कि मारुति द्वारा खरगोदा में लगभग 900 एकड़ जमीन प्लाट स्थापित करने के लिए दी जा रही है इनके साथ पहले से बातचीत चल रही थी जिसे आज अंतिम रूप दिया गया है कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ साथ इसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श हुआ यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर ये तय पूरी राशि जमा करवा देती है तो उन्हें पॉलिसी के अनुसार कुल राशि का 10 प्रतिशत में छूट दी जाएगी इसके साथ ही सरकार द्वारा कंपनी को 15 साल के लिए एस की रि भी की गई है जिसमें इन्हें छूट दी गई है जिसमें मारुति कंपनी द्वारा प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाया जाएगा जिसमें ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इसके अलावा एक अन्य कंपनी ग्लासेस पैंट्स की है जिसे स्थापित करने के लिए बातचीत पहले से रोहतक में चल रही थी लेकिन किन कारणों से अब तक इस प्लांट में पानीपत में स्थापित करना चाहते हैं इस प्लांट के एक्सचेंज में कोई नई शर्तों को जोड़ा गया है इस कंपनी को भी पॉलिसी के अनुसार छूट दी गई है और यह उद्योग सत्तर एकड़ भूमि पर स्थापित होगा मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अन्य प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए भी लाया गया है जिसमें आज बातचीत की गई है ये प्रोजेक्ट रोहतक में लगाया जाएगा इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह प्रेशर से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में गाँव के लिए फॉगिंग मशीनें वितरित करने की शुरुआत की गई प्रदेश में 5,000 गांवों में ये मशीनें दी जाएंगी यहाँ पर जहाँ पर यह मशीनें नहीं है इस अवसर पर उन्होंने फॉगिंग मशीन को चला करके भी देखा गुरुग्राम में जिला के 11 पंचायतों को अपने अपने कर कमलों से उन्होंने मसीने भेंट की मित्रों आज हमारी एक बैठक थी हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड की और उसमें हम हर महीने डेढ़ महीने बाद रेगुलर इंटरवल के ऊपर मीटिंग करते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स की प्रोजेक्ट्स कहीं छोटे प्रोजेक्ट कहीं मेगा प्रोजेक्ट हर एक प्रोजेक्ट के बारे में विचार करके उनको स्पेशल कंसेशन जो डिमांड करते हैं और जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से उनसे नेगोशिएट करके और हम देते हैं आज दो उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन के लिए भी और कुछ कंसेशन जो हमारे से मांगे थे वो पॉलिसीज हमने दोनों क्लियर कर दी हैं एक उसके अंदर मारुति उद्योग खरखोदा के अंदर 900 एकड़ ज़मीन क्योंकि कुछ रेट्स की बातें चल रही थी आज हमने वो फाइनल कर दिया है दो का रेट है लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है दस परसेंट का वो विद इन फोर्टी डेज अगर पैसा देते हैं तो टेन डिबेट इस तरीके से फाइनल हो गया है और बाकी उनको कुछ कंसेशन हमने जो हमारा एस होता है उसमें रीएम्बर्समेंट होती है तो हमने पंद्रह साल के लिए उनको एस की रीएम्बर्समेंट दी है और ताकि वो उनको एक कंसेशन रहे नया प्रोजेक्ट खरखुदा में उनका ये लगेगा और लगता है दो या तीन साल के अंदर ढाई साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को ले जाएंगे जो उनकी प्रोडक्शन यहाँ पहले गुड़गांव और मानसर में चल रही है उसको और बढ़ा करके और उस प्रोडक्शन को करेंगे और एक प्रकार का मुझारा ऑटो उद्योग है ऑटोमोबाइल उद्योग है वो और आगे बढ़ेगा इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रासिंग पेंट्स का ग्रासिंग पेंट्स की बातचीत पहले रोहतक में चल रही थी लेकिन किन्हीं कारणों से उनको रॉ मेटेरियल पानीपत में ज़्यादा मिलता था और उन्हें एक्सचेंज किया है उस एक्सचेंज में भी कुछ शर्तें और नई जुड़ी गई हैं जिसमें से उनको भी जो कंसेशन देने थे उसको भी उन्हें मार्डित कर दिया है सत्तर एकड़ के ऊपर वो इंडस्ट्री पेंट लगेगी और तीसरा एक प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए भी एक ऑफर आई है उसको फाइनल अभी बाद में करेंगे लेकिन रोहतक में एक उस उद्योग का भी आज बातचीत प्रारंभ हुई है ऐसे तीन बड़े प्रोजेक्ट थे जिसके लिए आज अच्छा देखिए ये जो मशीनों का हमारा कंटेक्ट हुआ था पाँच हज़ार फोगिंग मशीनों का गाँव गाँव में भेजेंगे वह आज से भेजनी शुरू कर दी हैं और चूँकि अभी जैसे मौसम भी टाइप का हो गया जैसे डेंगू भी है तो डेंगू के समय में जल्दी जल्दी बढ़ जाए और इसका फॉगिंग का जो विषय मच्छर मारने के नाते से काम आएगा बीमारी ना फैले पॉल्यूशन कम हो एन्वायरमेंट सुधरे उसके लिए हम अपनी ओर से बेतन कर रहे हैं हमने उद्योगपतियों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो आपसी बातचीत में सहमति बनी उसी आधार पर हमें जो 50,000 हज़ार की लिमिट थी प्रति व्यक्ति की आय का उसके ऊपर लागू किया था लेकिन उसमें से उसको कम करके हमने 30,000 हजार प्रति मास ये कर दिया है और इससे सब संतुष्ट है फिर उससे तो मारुति के लोगों को इसमें ज़्यादा एतराज़ था और आज आप देख लें कि मारुति ने नए उद्योग लगाने की सहमति दी है तो उसके बाद ही दी है हमारा नोटिफिकेशन भी हो गया सब हो गया है और जनवरी में ये ठीक है सब तीस नवम्बर से और 15 दिसंबर तक हमने सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय लिमिट एक लाख से नीचे नीचे है उनको बहुत सी सरकारी योजनाएं पहले से हैं कोई नई योजना उसमें नहीं है लेकिन उन योजनाओं का लाभ वो लोग ले नहीं पाते हैं या तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं हमने सब बैंक वालों से भी बात की है सभी डिपार्टमेंट से भी की है उन सब योजनाओं में से जो लाभ उनको मिल सकता है स्किलिंग के नाते स्किलिंग करा सकते हैं लोन के नाते लोन ले के दे, दे सकते हैं कोई भी विभाग की ओर से जो उनको सहयोग होगा वो करेंगे ताकि जानकारी के रूप में सब डिपार्टमेंट वहाँ जाएँगे और चिन्हित करके लोगों का बुलाएंगे ताकि हम लाख का जो नए लोगों को रोजगार बढ़ा करके उनकी आय बढ़ाने का टारगेट है वो हम इस वर्ष का पूरा कर सकें